भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर अब राजनीति शुरू हो गई है यात्रा को लेकर बीजेपी नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं या भारत को तोड़ने वालों को जोड़ रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए शिवराज ने कहा नारे लगाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ने अब यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं या यात्रा से भारत तोड़ने वालों को जोड़ रहे हैं सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना कांग्रेस को शर्म नहीं आती क्या कांग्रेस ने पहले भी देश को तोड़ा है आज भी जिस तरह के लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं वो कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है ये मानसिकता जोड़ने की नहीं तोड़ने की मानसिकता है ये राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं या भारत तोड़ने वालों को जोड़ रहे हैं यात्रा से सरेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना क्या सर्व कांग्रेस को कांग्रेस ने पहले भी देश को तोड़ा है और आज भी जिस तरह के लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं वो कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है और ये मानसिकता जोड़ने की नहीं तोड़ने की मानसिकता है शिवराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन्होंने भी ये नारे लगाए हैं वो माफ नहीं किए जाएंगे मैंने जांच के निर्देश दे दिए हैं उनके खिलाफ सख्तम कार्रवाई की जाएगी बीजेपी पर सवाल पर उन्होंने कहा वो खुद वीडियो डाल रहे हैं बाद में खुद डिलीट कर रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी कहा से बीच में आ गई जिन्होंने भी ये नारे लगाए कभी माफ नहीं किए जाएंगे मैंने जांच के निर्देश दे दिए उनके खिलाफ सख्ततम कार्रवाई की जाएगी खुद वीडियो डाल रहे हैं वो और बाद में खुद डिलीट कर रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी कहा से आ गई चोरी और सीना वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें